दोस्तों सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि एरर क्या है और उसके बाद फिर हम उस एरर को सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे 16 जीबी का एक पेन ड्राइव कंप्यूटर पे लगाया हूँ अब इसमें 4 जीबी से ज़्यादा बड़े फाइल डाल के देखेंगे इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं और एक ये हमारा डेस्क पे चार जी से ज़्यादा बड़ा फाइल है सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं कि सिक्स पॉइंट मतलब छः जी से बड़ा है है ना ये फाइल को हम लोग यहाँ से ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप करते हैं देखिए एरर आया द फाइल 03hd, मतलब ये फाइल का नाम है इज टू लार्जर फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम ये बताने का कोशिश कर रहा है कि ये जो फाइल है 6 जीबी का वो इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये पेन ड्राइव जो है वो 16 जीबी का है तो 6 जीबी तो जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा है तो वही प्रॉब्लम है और इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे इसको कैंसिल करते हैं सबसे पहले फिर से हम जाते हैं जहां पे पेन ड्राइव अटैच किए हैं ये देखिए पेन ड्राइव पर पे राइट क्लिक और आ जाइए आप इसे फॉर्मेट ऑप्शन पर फॉर्मेट ऑप्शन पे आने के बाद फाइल सिस्टम पे आइए फाइल सिस्टम पे आप देख सकते हैं इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आता है एन FAT32 और ई अभी ये डिफॉल्ट यानी FAT32 पे है इसको हमें एन कर देना है एन करने के बाद स्टार्ट ओके okay. मतलब हमने क्या किया इसको फॉर्मेट कर दिया क्विक फॉर्मेट और इसका जो फाइल सिस्टम है उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया डिफ़ॉल्ट से एन कर दिया बस इतना सा काम करना है फॉर्मेट पे क्लिक करना है थोड़ा सा रुक जाना है देख लेते हैं फॉर्मेट हो जाने के बाद क्या इसकी स्थिति रहता है और ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया अब इसको करते हैं ओके okay, इसको क्लोज फिर इसको ओपन करते हैं यहाँ पे फिर से थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं फिर से वही फ़ाइल फिर से वही फ़ाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ये देखिए फाइल जा रहा है अब ये देख सकते हैं फाइल जा रहा है रिफ्रेश कर दिया हूँ फाइल आ गया और यहाँ देखिए आठ मिनट लगेंगे फाइल कम्प्लीट हो जाएगा तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम इस तरह का वीडियो आगे भी आपके मदद के लिए बना